Guys, welcome to और मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको मेरे चीज़, मेरे इस वीडियो में पढ़ाई से रिलेटेड भी चीजें मिलेगी तो so, uh, इस video में आपको आई होप आपको जो भी मैं इस वीडियो में बना रही हूँ आपको पसंद आएगा अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा वीडियो को सबसे पहले मैं आपको अपने छोटे से बच्चे से मिलवा देती हूँ मेरा छोटा सा प्यारा सा पापू आज इसकी थोड़ी सी तबीयत खराब है बट ऑल द टाइम ये बहुत बहुत बहुत ज़्यादा नोटी है और बहुत खेलता रहता है बट आज थोड़ी सी इसकी तबीयत खराब है तो देखिए कैसे सो रहा है लग रहा है है इसका फेवरेट काम यही है, कि यह सोता रहता है पूरे टाइम इसको सोना है फेवरेट है फेवरेट हॉबी सो मिल लीजिए ये हमारे प्यारे से छोटे से बच्चे हैं तो आप मिलिए इसका नाम हनी है और अभी मैं अभी चलती हूँ अपनी प्रिपरेशन के लिए मीन्स तो मैं कहीं जा नहीं रही हूँ मैं सेल्फ स्टडी ही कर रही हूँ लाइक वीडियोस ऑनलाइन वीडियोस देखती हूँ सेल्फ़ नोट्स हैं मेरे खुद के अपने ही बनाए हुए तो अभी क्या है कि मैं कुछ बुक्स मैंने कुछ यूट्यूब से थोड़ा सा डायरेक्शन लिया और कुछ खुद से तो उस हिसाब से हम अपने प्रपेशन स्टार्ट करते हैं तो पहले तो अभी मैं एंटेनस सिनोनिम्स पढ़ रही हूँ तो एंटेनस सिनोनिम्स के लिए मैंने जो बुक यूज़ की है वो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कौन सी बुक यूज़ की है देखिए गाइस ये है ये अरिहंत की है एसपी पी बख्शी की रिवाइज एडिशन है ये और इसमें अभी मैं एंटेन्स सिनोनिम्स स्टार्ट कर रही हूँ पढ़ने के लिए तो यह बहुत अच्छी ओवरऑल बहुत ही अच्छी बुक है एक बुक में आपको सब कुछ मिलता है लाइक like, आप इसको खुद देख लो ये एक बुक में आपको सब कुछ मिल जाता है ये देखिए सारी यूनिट्स है फ्रेज वर्ड्स एडियन फ्रेजेज और एडियन फ्रेजेस भी है वन वर्ड है टर्म्स इनानम्स है ग्रामर का पोशन भी है सब कुछ इस बुक में मिल जाता है तो ओरल बहुत ही अच्छी बुक है और जीएस के लिए मैं ये लूसेंट यूज़ करती हूँ क्योंकि लूसिन जो है वो आपको इधर उधर जीके के लिए भागना नहीं है एक ही तरफ सब कुछ जीएस का सारा चीज़ें मिल जाती हैं कि हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी ये सब चीज़ें इसमें मिल जाती हैं तो फिर मुझे कहीं अलग से जाना नहीं है सिर्फ करेंट अफेयर के लिए मैं अलग बुक यूज़ करती हूँ और ऑनलाइन चैनल यूज़ करती हूँ उसके अलावा मैं और कुछ भी नहीं यूज़ करती हूँ और यहाँ थोड़े से मैंने नोट्स बनाए हैं लाइक like, जो भी मैं रिवाइज करती हूँ जो मुझे लगता है कि हाँ मुझे लगा देना चाहिए और मुझे वो याद रहेगा तो वो चीज़ें मैं करती हूँ अपने प्रिपरेशन के लिए तो यही सब चीज़ें हैं जो हम डेली लाइफ अपना फॉलो करते हैं तो अभी मैं अपना एंटोनम्सोनिम्स और जीएस मुझे भी पढ़ना है तो मैं ये दोनों चीज़ें अपनी कम्प्लीट कर लेती हूँ और इसको कम्प्लीट करने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ शाम हो चुकी है और अभी मेरी पढ़ाई भी कम्प्लीट हो गई है तो फिर अभी शाम को मैंने पूजा की ये देखिए जस्ट मैंने पूजा की है छोटा सा मंदिर है शाम की आरती हो चुकी है और ये देखिए बाहर का मौसम ये मेरे हेलो हेलो हेलो ये घूमू के लिए बैठे हुए हैं हनी घूमू चलना है हनी, हनी, नी की तबीयत कैसी है पापा का इंतज़ार वेट हो रहा है यहाँ पे बैठ के यहाँ पे वेट हो रहा है हनी तो गई चलिए चाय बनाने का टाइम हो गया तो चाय बनाते हैं okay. Let's start. गरम फेवरेट प्लेस बैठने से वेट करते हैं करेंगे तो दूध गरम हो गया तो चाय जल्दी से चाय हैं ओके ऑयल और टोस्ट रहे रहे रहे चाय किसका किसका वेट वेट वेट कर रहे हो? कर कर हो हो बिल्कुल हैं किसी का, किस का वेट कर रहे हो? ओके। हल्की फुल्की ठंडी yes, चाय बना लेते हैं पहले और फिर चाय बना के फिर मिलते हैं आपसे और ठीक بسمت लग रहा है टाइम चाहिए इनके ये मेरी कप्स की कलेक्शन थोड़ी बहुत कप्स के कलेक्शन है ये इंतजार से ये मेरी क्यों परेशान कर रहे हो हनी हनी, को? ओ हनी? तुम इतने गुस्से वाले कुत्ते कब से हो गए हो? भौख रहे हैं चो चो चो। हनी गुमू जा रहे हैं क्या हनी गुमू चलना है हेलो गाइस तो हम लोग घर आ चुके हैं कुछ घर का सामान ख़त्म किया था तो सामान लेने गए थे हम लोग तो अभी घर आ चुके हैं और अभी कुछ मूवीज़ वगैरह देखेंगे और डिनर करेंगे फिर सोना है और फिर मॉर्निंग में फिर अपना रूटीन है मेरा जो पढ़ने का है शेड्यूल सुबह उठना पढ़ना ये सब चीज़ें तो आपसे मिलते हैं कल गुड नाइट प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर प्लीज़ सपोर्ट करिएगा थैंक यू